मंत्रिमंडल 2.0 होगा उसमें जाहिर तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही सारे फैसले लिए जा रहे हैं जातीय समीकरण समेत हर चीज जो बीजेपी का एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और अब सबका प्रयास तो ये चारों लाइन को लेने की कोशिश होगी इसमें और मुख्य तौर पर मैं आपको बताऊँ कि किशव प्रसाद मौर्य की बात हम लोग कर रहे हैं दो बातें चल रही है उनको लेकर चाहे तो वो सरकार में रहेंगे या एक तरफ ये भी कोशिश हो रही है कि उन्हें संगठन में भेजा जाए चूंकि पिछली बार जब वो संगठन में थे उस वक्त बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी जब अध्यक्ष थे प्रदेश के उस वक्त बड़ी जीत हासिल की थी तीन सौ से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी कुल मिलाकर अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक खबर मिला है मिली है उसमें बासठ मंत्री शपथ लेंगे अट्ठाईस कैबिनेट मंत्री होंगे ग्यारह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे और तेईस एम ओ एस होंगे राज्य मंत्री होंगे कुल मिलाकर बेबी केशव प्रसाद मौर्य की जगह बेबी रानी मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है इस पर चर्चा काफ़ी राजनीतिक हलकों में काफ़ी गर्म है ये चर्चा अगर केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में भेजा जा सकता है प्रदेश की जिम्मेवारी दी जाती है उन्हें तो फिर बेबी रानी मौर्य जो कि गवर्नर थी उत्तराखंड की इस्तीफा देकर आई और विधानसभा का चुनाव लड़कर अच्छे वोटों से जीती है उनको जगह मिल सकती है एक और खास बात है पिछली बार दो उप मुख्यमंत्री थे इस बार तीन उप मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बन रही है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिनेश शर्मा जो पहले उप मुख्यमंत्री थे वो भी संगठन में जाएंगे उनको चुनाव भी नहीं लड़वाया गया था वो एमएलसी हैं इसके अलावा ए के शर्मा दिनेश शर्मा की जगह ए के शर्मा जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी थे बीच में उन्हें भेजा गया था उत्तर प्रदेश पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया एम बनाया गया था उन्हें उन्हें भी डिप्टी सी की जिम्मेवारी मिल सकती है